आज में धर्म और संस्कृति पर अक्सर चर्चाएं होती रहती हैं। पुरानी बातें जानने की जिज्ञासा हमेशा होती है रामायण और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में धर्म संस्कृति के बारे में विस्तार से वर्णन मिलता है आइए जानें दुनिया के कुछ सबसे पुराने मंदिरों के बारे में जो प्रमाण हैं हमारे प्राचीन गौरवशाली इतिहास का वैसे तो अनेकों प्राचीन मंदिरों के प्रमाण पूरे विश्व में पाए जाते हैं कुछ के सिर्फ अवशेष ही बचे हैं लेकिन कुछ प्राचीन मंदिरों में आज भी पूजा अर्चना होती है भारत मंदिरों का देश है प्राचीन समय से इस देश में राजा महाराजा और आम लोग भी मंदिरों की स्थापना करते आ रहे हैं भारत के बाहर भी कई प्राचीन हिंदू मंदिर मौजूद हैं। उनके बारे में जानकर आप सोच में पड़ जाएंगे कितने ही मंदिर मुगलों ने तोड़ दिए कितने मंदिर अंग्रेजों ने तोड़ दिए लेकिन कुछ मंदिर हैं जो वक्त की कसौटी पर खरे उतरे हैं। हम आपके सामने लाए हैं वो सात सबसे पुराने हिंदू मंदिर जो आपको विश्वास दिलाएंगे कि अगर नींव मजबूत हो तो आपको कोई हिला नहीं सकता वक्त भी नहीं विश्व के सबसे पुराने मंदिर की बात की जाए तो गैन मंदिर का क्षेत्र आता है माल्टा देश में स्थित गोजो नामक द्वीप पर बने इस मंदिर को नव पाषाण काल में बनाया गया था आज के विज्ञान के अनुसार यह वह समय था जब तक मनुष्य ने धातुओं की खोज नहीं की थी और न ही उनके पास किसी तरह के कोई औजार थे इसके बाद भी इस तरह के विशाल मंदिर का निर्माण कैसे किया यह आज तक एक रहस्य है माल्टा स्थित गोजो द्वीप पर एक नहीं दो मंदिरों का निर्माण हुआ था आज इन्हें यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया है इन्हें नाम दिया गया है द मेगािथिक टेम्पल्स ऑफ माल्टा इन्हें आज से लगभग पाँच हजार छह सौ साल पहले बनाया गया होगा पुरातत्व विद्यों का कहना है की यहाँ जीवन उत्पत्ति से जुड़ी कुछ मूर्तियाँ मिली हैं जो बताती हैं यहाँ जीवन और नए शिशु के जन्म से जुड़े पूजा पाठ कर्म कांड किए जाते थे जो कि हिंदू धर्म में आज भी किए जाते हैं आज भी यह मंदिर पूरी तरह सुरक्षित है और माल्टा आने वाले यहां जरूर आते हैं केवल पत्थरों के औजारों से बने इस मंदिर को देखकर पर्यटक अचम्भित हो जाते हैं आइए अब दूसरे सबसे पुराने मंदिर की बात करते हैं कटास राज मंदिर पाकिस्तान लगभग पाँच हजार साल या उससे भी पुराना बताया जाता है ऐसा माना जाता है की कटास मंदिर महाभारत के पहले भी मौजूद था कटास मंदिर और मुल्तान सूर्य मंदिर महाभारत युग के दो महान मंदिर थे लेकिन मुल्तान सूर्य मंदिर को सन 1600 सो में अरबी सेना ने तहस नहस कर दिया ऐसा माना जाता है कि स्वयं कृष्ण भगवान ने शिव मंदिर की नींव रखी थी और शिवलिंग की स्थापना की थी, थी अब आ जाइए तीसरे सबसे प्राचीन मंदिर सुब्रमण्यम मंदिर जो कि तमिलनाडु में स्थित है इसे लगभग दो साल पुराना बताया गया है 2004 में तमिलनाडु में आई सुनामी में कई जाने गई थी और अरबों रूपए की संपत्ति का नुकसान हुआ था लेकिन महाबलीपुरम के करीब तट में एक ऐसा मंदिर उभरा जिसने देश भर के लोगों को चौंका दिया यह मंदिर था सुब्रमण्यम मंदिर वैज्ञानिकों का मानना है यह मंदिर लगभग 2000 साल से भी ज्यादा पुराना हो सकता है अब बात करते हैं चौथे मंदिर की मुंडेश्वरी मंदिर बिहार इस मंदिर को लगभग एक हजार सात सौ साल पुराना माना जाता है मुंडेश्वरी मंदिर बिहार के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है राजा गुप्त के समय बनाया गया यह मंदिर आज भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है अब बात करते हैं पाँचवे सबसे प्राचीन मंदिर लाड खान मंदिर कर्नाटक इस मंदिर को लगभग एक साल पुराना माना जाता है लार्ड खान मंदिर का नाम उस भिक्षु के नाम पर पड़ा था जो इस मंदिर में 19वीं सदी में रहता था अब बात करते हैं छठे सबसे प्राचीन मंदिर चंगू नारायण मंदिर जो कि नेपाल में स्थित है इस मंदिर को लगभग डेढ़ हजार साल पुराना बताया जाता है नेपाल में स्थित चंगू नारायण मंदिर नेपाल के सबसे पुराने मंदिरों में ऐसी एक है अब बात करते हैं सातवें सबसे प्राचीन मंदिर की जो की भारत से बाहर है कंबोडिया का अंगर वाट मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है किसी भी धर्म में इतना विशाल मंदिर गिरजाघर या मस्जिद आज तक नहीं बनी इस मंदिर को एक हजार साल से भी ज्यादा पुराना माना जाता है लेकिन अभी तक सीना ताने अपनी महानता का परिचय देते हुए बेधड़क खड़ा है ओम जय श्री राम